हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पे उम्मीद करता हूँ आप हमारा ट्रेडिंग कोर्स फॉलो कर रहे हो तो ये एक मैं नई सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ और इस सीरीज़ में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है माना जाता है कि सेवेंटी परसेंट जो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर होता है और थर्टी जो है वो आपका टेक्निकल्स के ऊपर होता है तो ऑलरेडी हम टेक्निकल्स इसमें सीख रहे हैं तो जो सेवेंटी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग माइंड वो इस सीरीज़ में हम पूरा डिस्कस करेंगे देखो टेक्निकली आपको प्रॉफिट होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपका अकाउंट ग्रो हो करना है आपको जो लॉन्ग टर्म में आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो उसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रेडिंग इमोशन्स के ऊपर देखो हम ह्यूमन्स हैं हमारे में इमोशंस बहुत सारे होते हैं और जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो इमोशन्स कभी कभी हम पे हावी हो जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है आपके उसका असर ट्रेडिंग के ऊपर हो जाता है तो मैं आप हम आज इस पार्ट में पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन से कौन से इमोशंस हम में होते हैं जो आप और आप उसके ऊपर कैसे कंट्रोल पा सकते हो तो एक एक करके हम इमोशंस को इस वीडियो में देखेंगे देखो ट्रेडिंग ये एक स्किल है और ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ कंट्रोल और ख़ुद के ऊपर आपका भरोसा और इमोशन्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वीडियो के एंड में आपको कुछ टिप्स भी मैं दूंगा कैसे आप इन सब चीज़ों के ऊपर काबू पा सकते हो तो वो भी आप ध्यान से सुनो तो चलिए एक एक करके मैं आपको ये इमोशंस कौन कौन से हैं और इनके ऊपर कैसे क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहला है फीयर देखो फियर हमें हम कब आता है जब हमारा कोई डिसीजन रॉन्ग होता है या हम जो अंदाज़ा लगाते हैं उसके ऑपोजिट होता है और ये मार्केट में हमेशा होते रहेगा जब भी आप लोग हमेशा सक्सेसफुल नहीं होंगे तो सबसे पहला कारण क्या है फीयर का आप एंट्री विदाउट प्लानिंग लेते हो आपका प्लान नहीं है कि आप ये एंट्री कभी भी एंट्री जो है ना प्लान करके लेना है आप पहले स्कैन करो मार्केट फिर देखो कहाँ पे एंट्रीज बनी है सेटअप क्या है अगर सेटअप है आपने ट्रेड किया प्लान करके तो आप उसमें आप में डर नहीं रहेगा फियर नहीं रहेगा लेकिन आप क्या करते हो सडनली उठ के मोबाइल देख लिया चलो या लग रहा है मुझे ऊपर जा सकता है एंट्री ले ली डेस्कटॉप के ऊपर जाते हो आप सीधे एंट्री पाँच मिनट में मार्केट स्कैन करते हो एंट्री ले, ले लेते हो विदाउट एनी प्लानिंग हमेशा सेटअप देखो वेट करो रिटरेस रिट्रेस जब होता है मार्केट ऊपर गया तो थोड़ा सा नीचे भी आता है थोड़ा सा नीचे आएगा तो वेट करो तब एंट्री ले लो और अच्छे से प्लान करके एंट्री लो सेटअप के ऊपर एंट्री लो फिर आप में फियर नहीं रहेगा और कॉन्फिडेंटली वो एंट्री आपको प्रॉफिट भी देके जाएगा और एक फियर में क्या होता है कि आप एंट्री ले ले तो चलो आपने एंट्री ले लिया कभी तो कभी क्या होता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट चला जाता है आपने लॉन्ग प्लान किया था और मार्केट आपके अपोजिट नीचे चला जाता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा आता है आप फियर में क्या करते हो अगर प्लान नहीं है एंट्री की स्टॉप लॉस प्लान नहीं है मेरा मैं एग्जिट कहाँ पर लूँगा अगर वो आपका सारा प्लान रेडी नहीं है आप क्या करते हो सेल थोड़ा सा नीचे आता है सेल कर देते हो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो एंट्री वो चली जाएगी और थोड़ा मार्केट क्या करता है नीचे आता है रीटेस्ट करता है वहाँ से सीधा ऊपर भागता है तो हमेशा आपके साथ ऐसे होगा अगर प्लान नहीं है आपके पास तो ये एंट्रीज अगर जो कुछ भी है ट्रेडिंग में आप प्लान करोगे तो आप में फेयर नहीं रहेगा डर नहीं रहेगा किसी चीज़ का आपको एंट्री भी पता है एग्जिट पॉइंट भी पता है और स्टॉप लॉस पॉइंट भी आपका रेडी है तो डेफिनेटली आप में फेयर नहीं रहेगा डर नहीं रहेगा दूसरा इमोशन है ग्रीड मतलब लालच ग्रीड के देखो अलग अलग तरीके से आप आप लालच में आ जाते हो सबसे पहला है सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट आपके सामने रखता है 20% 30% आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है आप उसमें सीधा जंप करते हो विदाउट एनी प्लान बस मार्केट आपको लगता है यहाँ से सीधा भागने वाला है ये जो भी अल्टकोइन आप ट्रेड कर रहे हो सीधा भागेगा ऊपर आप उसमें एंट्री लेते हो और जैसे आप एंट्री लेते हो वो कैंडल सीधा नीचे नीचे नीचे चली आती है तो इसमें क्या हो गया आप लालच में आ गए आपको लगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा मेरे जो है वो टू एक्स हो जाएगा फोर एक्स हो जाएगा फाइव एक्स हो जाएगा एक दिन में वैसे नहीं होता है मार्केट ऊपर गया नीचे आया ग्रिड की वजह से आपकी एंट्री भी चली गई आपकी पोजीशन भी लॉस में चली गई और अभी क्या करना है आपको आप पता भी नहीं रहेगा तो जब कभी ऐसी कोई ग्रीन कैंडल या मार्केट या कोई पेर ऐसे भागते हुए दिखेगी तो थोड़ा वेट करो पेशेंस रखो थोड़े पेशेंस रखोगे ना सब चीज़ अच्छे से होगी थोड़े पेशेंस रखो ऊपर जाके रिटेस्टिंग के लिए आती है नीचे जैसे ही नीचे आता है तो आप उसको बाय करो ग्रीड में आकर हमें बाय नहीं करना है कि वो भाग रहा है तो चलो उसके पीछे भागते हैं ऐसा नहीं है इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते ये गैम्बलिंग हो गया कि मिला तो सौ रुपये नहीं मिला तो ज़ीरो ऐसे ये गैम्बलिंग हो गया हमें गैम्बलिंग नहीं करना है ओके और एक ग्रीड तो कैसे करते हैं हम एक प्रॉफिट हमें मिल जाता है चलो एक एक ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल हो गया सेकेंड भी प्रॉफिटेबल हो गया हमें हम एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और फिर हमारी लालच बढ़ जाती है हम क्या करते हैं फिर और एक ट्रेड लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा ट्रेड है ये आपका सारा प्रॉफिट लेके चला जाता है और आप दिन में आप आपके हाथ में कुछ नहीं आता तो हमेशा ग्रीड की वजह से क्या होता है ओवर ट्रेडिंग होती है हम हमारे से क्योंकि हमें क्या लगता है चलो आज हम एकदम हमारा लक एकदम, एकदम आज काम कर रहा है तो आप क्या करते हो दो एक एंट्री दो एंट्री प्रॉफिटबल जा रही है चलो तीसरी भी लेते हैं ऐसा मत करो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है चलो आपको प्रॉफिट मिल गया एक एंट्री दो एंट्री शायद मार्केट तक बुलिज था आपकी डायरेक्शन में जैसे आप सोच रहे थे वैसे वो जा रहा था एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है मार्केट रिवर्स हो सकता है कुछ न्यूज़ आ जाए या कुछ फिर कुछ अलग हो जाए मार्केट में बैरिश भी हो सकता है मार्केट तो ग्रिड में आकर ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है ठीक है एक दिन में कोई अमीर नहीं बनेगा ट्रेडिंग में दो दिन में भी नहीं बनेगा इसमें टाइम लगता है इसलिए आपको पेशेंस रखना है थोड़ा थोड़ा रोज अकाउंट बिल्ड करते जाओ जैसे जैसे आप बिल्ड करोगे आपको रिजल्ट्स दिखते जाएंगे आपके अकाउंट के ऊपर दिखता है एक दो ट्रेड में तो कोई भी सक्सेसफुल होता है कभी कभी किसी को लकीली बड़ा ट्रेड भी मिल जाता है एक दिन में लेकिन फिर वो मार्केट आता है और लेके चला जाता है अमाउंट तो उससे थोड़ा थोड़ा ग्रो करो उसकी वजह से क्या होगा आपके कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होगा मार्केट में आपकी ग्रिप भी रहेगी और ग्रीड जो है आपकी कंट्रोल में रहेगी इमोशंस जो है वो कंट्रोल में रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा रोज ग्रो करो तो ग्रिड को हमेशा बाजू में रखना है ठीक है तीसरा इमोशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है ओवर कॉन्फिडेंस देखो बचपन से हमें एक आदत मतलब स्कूल से हमें ये आदत होती है कि हमें हमेशा जीतने की आदत होती है हम हमेशा सोचते हैं कि हमेशा हम जीतेंगे हमें भी बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमेशा जीतना है तो हम वो क्या करते हैं हमारी वो साइकोलॉजी बन गई है कि मैं गलत नहीं हो सकता जब मैं ट्रेड करता हूँ तो हमें लगता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता मार्केट चलो अपोजिट जा रहा है लेकिन मेरे डिरेक्शन में जाएगा एक, एक थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाएगा तो आपको क्या होता है एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और कॉन्फिडेंस में कभी कभी अब आप आ जाते हो उसकी वजह से बिकॉज आपको हारने की आदत नहीं होती सो so, ट्रेडिंग में अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप आपका अकाउंट कभी बिल्ट नहीं होगा यहाँ पर पेशेंस रखना है शांति से मार्केट यहाँ पर किंग कौन है मार्केट है मार्केट डिसाइड करेगा आपको पैसा देना है नहीं देना है जैसे कहते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजी कहते हैं वैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आप लॉस बुक कर सकते हो कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाए कभी आपका प्लान है स्टॉप लॉस और हिट हो गया तो हाँ हो हीट होने दो उसमें क्या बड़ी बात है आपका प्लान आपने फॉलो किया ये इम्पॉर्टेंट है सो so, छोटे छोटे लॉसेस आप एक्सेप्ट करो मार्केट इज़ द किंग वापो लॉसेज भी देगा लेकिन बड़े प्रॉफिट्स भी देता है लॉसेज बड़े मत लेना बस छोटे छोटे रखो उसको और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़े लॉसेस नहीं करवा लेना है हमें ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो और एक बार होता है जब हम कोई भी एंट्री लेते हैं जब बस आपने इंडिकेटर्स देख लिए सारे कि इसमें एंट्री बन रही है यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है हमेशा आपको कुछ ना कुछ लगता है कि सेटअप यहाँ पे बन रहा है अब सही भी होते हो लेकिन कभी कभी क्या होता है ना मार्केट अपने रैंडम से चलता है कभी ऊपर जाता है सडन सडन उसकी डिररेक्शन बदल सकती है शायद कुछ न्यूज़ आ जाए या कोई बैरिश प्रेशर आ जाए या कुछ रजिस्टेंस कभी कभी आ जाता है बड़ा सा वहाँ पर फिर मार्केट जाकर सडनली रिजेक्ट हो जाता है तो अगर आपका सेटअप भी सही है लेकिन मार्केट कभी कभी आपको चेंज होते हुए दिख सकता है उसकी वजह से आप लॉस में हो सकते हो लेकिन क्या है ना वो पोजीशन जो है हमारी जो पोजीशन ओपन है उसमें हमें और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही डायरेक्शन में मार्केट जाएगा और जाएगा ही बिकॉज इंडिकेटर्स भी बोल रहे मुझे भी लगता है प्राइस एक्शन भी आ रहा है लेकिन मार्केट ये रैंडम है कभी कभी यहाँ पे सडनली चीज़ें चेंज होती है तो वो चेंज जो है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर वो एंट्री ओपन नहीं रखनी है हमें वो क्लोज करनी है और थोड़ा सा लॉस अगर होता है तो उस केस में हमें एक्सेप्ट करना है ओवर कॉन्फिडेंस में रहकर कर ज़्यादा ही हम मार्केट को चैलेंज नहीं करेंगे बस एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी है मार्केट जा रहा है नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है थोड़ा सा उसमें अपना कट ऑफ कर देंगे वहाँ पर और एग्जिट ले लेंगे चौथा इमोशन यहाँ पर है वो है रिवेंज शुरुआती दिनों में ये सबके साथ होता है कि चलो आप एक ट्रेड लेते हो प्रॉफिट में चला गया दो ट्रेड लेते हो वो भी प्रॉफिट में चला गया और फिर क्या होता है समझो किसी थर्ड ट्रेड में आपको लॉस हो गया और फिर आप क्या करते हो उसमें बड़ा लॉस हो गया आपको लगता है आज मार्केट आपकी डिरेक्शन में जा रहा है लेकिन थर्ड जो ट्रेड है वो बड़ा लॉस आपको दे रहा है फिर आप क्या करते हो वो लॉस ले, ले लेते हो चलो ठीक है पोजिशन क्लोज कर दिया फिर आप क्या करते हो उस दिन में कि आपको लगता है कि आज मुझे लॉस हुआ है मुझे रिकवरी करनी है तो आप क्या करते हो मार्केट से रिवेंज लेने जाते हो बदला लेने जाते हो फिर आप क्या बोलते हो चलो आज मैं अपनी रिकवरी करके रहूँगा जो लॉसेस है वो कवर करूँगा फिर आप और ट्रेड लेते हो और जो आगे के सारे ट्रेड जो भी आप लेते हो रिवेंज में वो हमेशा लॉस में ही जाएंगे तो ये एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि लॉसेस जो है वो एक्सेप्ट करो मार्केट से रिवेंज मत लो चलो दो इसमें प्रॉफिट हो गया ना हंसी खुशी मार्केट क्लोज़ कर दो आज ट्रेडिंग बंद कर दो आप क्या करते हो लॉ फिर बड़ा लॉस ले लिया तो फिर वो रिकवरी करने जाते हो ऐसा मत करो कभी कभी मार्केट आप जो आपने दो ट्रेड्स में जो प्रॉफिट कमाए थे वो आपकी आज के सेटअप के हिसाब से कमाए थे लेकिन कभी कभी मार्केट चेंज होने की वजह से आप लॉस में जा सकते हो फिर आप फिर जैसे आप आगे के ट्रेड लेते हो वो आपके अपोजिटि जाने लगते हैं और इसकी वजह से हम और फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं सारी चीज़ें हमारे साथ होने लगती है तो उससे अच्छा क्या है रिवेंज मत लो अपना प्रॉफिट हो गया तो वो ले लो लॉस भी होता है तो थोड़ा सा लॉस लेकर बुक कर दो थोड़ा वेट करो थोड़ा ब्रेक ले लो एक दो घंटे के लिए ट्रेडिंग रोक दो उसके बाद फिर से आ, आप ट्रेड कर सकते हो नए से कुछ मार्केट में चेंजेस हो गए तब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो लेकिन एक फ्रेश माइंड से हमेशा ट्रेडिंग करो रिवेंज के लिए रिकवरी के लिए कभी ट्रेडिंग मत करो ऐसी स्टेज पे आपको नहीं जाना है तो इसमें सॉल्यूशन क्या है लॉस एक्सेप्ट करो और नहीं तो फिर आपको लग रहा है कि कोई सेटअप नहीं बन रहा तो ट्रेडिंग रोक दो सिंपल क्योंकि ये वन ऑफ द ट्रेड है मतलब आप आगे के हज़ार ट्रेड आपके पास सेटअप्स रहेंगे और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आती रहेगी तो ये एक ट्रेड गया तो गया उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए मार्केट से रिवेंज लेकर एकदम जोश में आकर कुछ करने जोश में होश कोना जिसे बोलते हैं वो हमें नहीं करना है रिवेंज ट्रेडिंग हमें नहीं करना है तो ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं मार्केट में जिसकी वजह से आप आप में ट्रेडिंग में चेंजेस हो सकते हैं या उसकी वजह से आप पे हावी हो सकते हैं इमोशन्स तो इन इमोशन्स को आप कंट्रोल में रखो जो भी है हमेशा प्लान करके चलो कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूँ वो टिप्स की वजह से आप ज़रा इमोशनली आप खुद पर कंट्रोल करोगे और देखो सबसे पहली है सीख लो पहले ट्रेडिंग ओके पहले ट्रेडिंग हम सीखेंगे उसके बाद हम सेटअप्स देखेंगे सेटअप्स के हिसाब से ट्रेड करो थोड़ा तो एंट्री प्लान करो हर एक एंट्री जो है ना आपकी प्लान चाहिए एक एक्सेल सीट बनाओ उसमें आप हर एक एंट्री डालते चलो अपनी कि मैंने ये एंट्री क्यों लिया क्या लिया आप रिमार्क भी डालो तो अगर आप एंट्री प्लान करते हो हर एंट्री प्लान करते हो पहले सीख लेते हो अच्छे से एंट्री प्लानड है तो आप नहीं अटकोगे उसमें तो एक सबसे पहले टिप याद रखना है कि हमें हमेशा प्लान के हिसाब से चलना है और हमेशा सब कुछ प्लान करना है ठीक है दूसरा है हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करते चलो और हमेशा सेटअप में जो आपने स्टॉप लॉस प्लान किया है और स्टॉप लॉस जो है जब एंट्री प्लान करते हो ना तभी हमें एग्जिट भी प्लान करना है और एग्जिट प्लान करते हो तभी स्टॉप लॉस भी प्लान करना है कि कोई ट्रेड आप ओपन कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा तब आप ओपन माइंड से उसको प्लान करो उसकी वजह से क्या होता है जब आपका माइंड एकदम साफ़ होता है ना तो आपको स्टॉप लॉस अच्छे से लगता है तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाते चलो तीसरी टिप रहेगी कि आप एक्चुअल ट्रेडिंग में उतरने से पहले ना थोड़ा पेपर ट्रेडिंग करो पेपर ट्रेडिंग में क्या होता मैं नहीं बोलता हूँ कि 100% आप में इमोशनली आप एकदम कंट्रोल में आ जाओगे लेकिन 70-60% आप खुद पे सेल्फ कंट्रोल पाओगे बिकॉज ऑफ और कुछ कुछ आप में जो खामियां हैं वो पेपर ट्रेडिंग में आप कवरअप कर सकते हो एक आदत पड़ जाती है हमें तो थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल हम हमारा आ सकता है अगर हम पेपर ट्रेडिंग के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करें मार्केट में उतरे तो वो बेटर रहेगा 60% जो है आपको प्रॉफिट आप आपके ट्रेड सक्सेसफुल रहेंगे आप रिस्को रिवार्ड फॉलो कर रहे हो तो आप हमेशा ट्रेडिंग में रहोगे हमेशा प्रॉफिट में रहोगे अगर आप 40 तक का लॉस भी लेते हो लेकिन लॉस छोटे लेते हो ना फिर भी आपका अकाउंट ग्रो होता है कोई भी ट्रेडर जो इसका सक्सेस रेट 100% परसेंट नहीं होता हमेशा सक्सेस रेट ऐसा ही होता है जैसे कि सिक्सटी इतना ही सक्सेसफुल हमेशा कोई भी ट्रेडर होता है कितने भी साल का एक्सपीरियंस उसको रहो हमेशा सिक्सटी टू सेवेंटी एवरेज है उतना ही सक्सेस रेट आपको चाहिए बाकी जो है स्टॉप लॉसेस आपको बचाते रहेंगे और छोटे छोटे लॉसेस आपको मिलते रहेंगे लेकिन आप जब आप प्रॉफिट लोगे तो बड़ा लोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड का वीडियो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कोर्स में तो वो भी आप फॉलो करो हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है उसके वजह से आपके प्रॉफिट्स बड़े होते हैं और लॉसेज छोटे होते हैं सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल कंट्रोल ये इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में लेकिन वो आने में थोड़ा टाइम लगता है ओके तो ऐसे नहीं होता कि मैं भी पहले एक दो साल में मैंने भी बहुत लॉसेस खाए ऐसे नहीं कि कोई भी कोई भी ट्रेडर हो जो इनिशियली लॉसेस खा कर ही उसमें से सीखता है और जो सीखता है वही बड़ा होता है आगे जाकर तो आपको उसमें से सीखना है क्या गलती हुई कैसे हुई वो आप जैसे सीखते जाओगे इमोशंस पे आप कंट्रोल लेते जाओगे तो पहले एक दो साल आपको लगेगा इमोशंस में इमोशन कंट्रोल कंट्रोल में लाने में आपको टाइम लगेगा लेकिन एक दो साल आप अच्छे से ट्रेड करो प्रैक्टिस करो लॉसेस कम रखो तो ये आपको हेल्प करेंगे और फिर बाद में जाकर आपको लॉसेस कम होते जाएंगे और आपका अकाउंट भी ग्रोथ आपको दिखेगा तो ये सारी टिप्स भी आप फॉलो करो और इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया वीडियो में तो आप मिलेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए टेक